हेलो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सुबह के साढ़े तीन बज रहे हैं और आपका सेशन रिकॉर्ड हो रहा है चलिए आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल अरविंद अकेडमी को देखते हैं आज के सेशन में क्या क्या है जिस भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स मिलाता रहता हूँ हर कॉम्पिटिशन लेवल के लिए वो चाहे बैंकिंग रेलवे सी ओ लेवल कोई भी कंप्यूटर एग्ज़ाम हो चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या पढ़ने पहला क्वेश्चन कैशे क्या होती है इससे हम लोग क्या सोचते हैं इसके बारे क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से क्या है हार्डवेयर कंपोनेंट्स का संग्रह इनपुट आउटपुट डिवाइस का संग्रह या सॉफ्टवेयर स्टीन का संग्रह क्वेश्चन नंबर टू में पहले ही पढ़ा चुका उसे डिस्कश करेंगे आखिरी में डिस्कस कर लेंगे उसे और बाकी आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा आप वहाँ से भी देख सकते हैं लाइट पेन और चिक दोनों पॉइंटिंग डिवाइस लाखी ज़्यादा पूछा ही जाता है लेकिन ट्रूफॉल्स में आ जाता है और बड़ी सी ड्राॅइंग बनाने में आर्किटेक्चर और इंजीनियर होते हैं किस डिवाइस का उपयोग करते हैं लाइन प्रिंटर लोटर लेजर प्रिंटर बैंड प्रिंटर बनाएंग में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ है हमारा यूनिक्स है लाइन है उनमें से, से तो कोई नहीं और लेजर प्रिंटर की जो रेजोल्यूशन को किसमें करते हैं डीपीआई में सीपीआई में या एपीआई में मैं डेली लगाऊंगा अभी नई डेली टाइम क्वेश्चन की सीरीज इससे डेली टाइम क्वेश्चन करने के थोड़ा तैयार हो जाएंगे एक बार में नहीं हो पाता सब सबकी का पूरा नाम क्या है स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन देखते हैं चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ से कैश मेमोरी क्या होती है मेरी कैश मेमोरी होती है मेन मेमोरी से तो काफ़ी महंगी होती है अपनी यानी रैम से तो काफ़ी महंगी होती है और काफ़ी तेज़ भी होती है मेन मेमोरी से देखते हैं क्या है पहले अपना लेजर ले लेते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं कैश मेमोरी को मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में रखा जाता है जो मेन मेमोरी होती है उससे काफ़ी तेज़ होती है और इसका एक्सेस पॉइंट भी बहुत कम होता है जो मेन मेमोरी होती है उसका एक्सेस पॉइंट कम से कम 80 नानो सेकेंड एट्टी नैनो सेकेंड होता है जबकि कैशे का फिफ्टीन टू ट्वेंटी नैनो सेकेंड होता है और ये कैशे मेमोरी होती है वो डेटा और निर्देशों को स्टोर इसमें किया जाता है जिसमें तुरंत एग्जीक्यूट किया जा रहा हूँ ये मेमोरी आमतौर पर मेन मेमोरी के लिए हम मेन मेमोरी में जो स्टोर किए गए डेटा और एड्रेस और निर्देशों में लगने वाले जो एक्सेस टाइम है उसको कम करने के लिए की जाती है कि हम कोई तो डेटा देख रहे हैं ओपन कर रहे हैं जो मेन मेमोरी में है हमारे से जो चल रहा है मेमोरी क्या होती है उसमें जैसे एप होगी उसमें डेटा से रहता है ताकि हम कंप्यूटर को एक्सिक्यूट कर रहे हैं और उसके प्रोसेस को कम करने के लिए कैश मेमोरी इस्तेमाल की जाती है कैश मेमोरी जो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की स्पीड बढ़ाती है कैश मेमोरी मेन मेमोरी जब अच्छा बहुत महंगी आती है एक्सपेंसिव बहुत होती है और इसका जो साइज होता है मेन मेमोरी से बहुत छोटा होता है देखते हैं कैश कंट्रोलर द्वारा कैश मेमोरी में जो है डेटा और निर्देश मैं वो डेटा डाला जाता है कैश मेमोरी कैश कंट्रोलर द्वारा कैश मेमोरी में वो डेटा स्टोर किया जाता है जिसको प्रोसेसर को जरूरत होती है आगे अक्सर उसको प्रोसेसर को उस डेटा की जरूरत पड़ती है और कैश कंट्रोल करता है कि एक्सेस मेमोरी मेमोरी एक्सेज में प्रोसेसर द्वारा माना मांगा गया डाटा कैश मेमोरी में उपलब्ध है कि नहीं अगर कैश मेमोरी में जो प्रोसेसर को चाहिए वो डाटा उपलब्ध है तो ऑलरेडी हमारी स्पीड को बढ़ाना ही है तो और स्पीड बढ़ने का ही कारण भी होता है कैश मेमोरी में जो डाटा प्रोसेसर को चाहिए वो मौजूद होता है इसके कारण प्रोसेसर की स्पीड बढ़ जाती है और जब आवश्यक डेटा कैश मेमोरी में उपलब्ध रहता है तो उसे हिट कहते हैं जब डेटा मान लो की आवश्यक डेटा कैश मेमोरी में उपलब्ध नहीं होता है तो उसे मिस कहते हैं छोटे छोटे है। तो क्वेश्चन इस बन सकते हैं जैसे कि जब मेरी मेमोरी में डेटा उपलब्ध नहीं होता है तो उसे, उसे क्या कहते हैं जब उपलब्ध होता है तो उसे क्या कहते हैं एक कैश मेमोरी की स्पीड कितनी होती है स्टैंड कितना होता है 10 से 15, 10 से 15, 15 से पच्चीस नौ सकेंड कैश मेमोरी होती है उसकी स्पीड काफ़ी स्पीड आई मेमोरी होती है प्रोसेसर के अंदर ही होती है और इसे मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में रखा जाता है ये हमारा मेन टॉपिक दिखाते हैं कैश मेमोरी है क्या ये भाई कैश मेमोरी आ खा भाई मजा आ रहा है ये है वहाँ सी पी ओ कंट्रोल यूनिट यू। लेवल वन कैच ये लेवल टू कैच फिर लेवल थ्री कैच है अभी लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री क्या है देखते हैं लेवल वन जो है उससे रजिस्टर भी बोलता है एक प्रकार की मेमोरी है जो डेटा हो इसमें स्टोर किया जाता है जिस वो डेटा स्टोर किया जाता है उसमें स्टोर किया जाता है और स्वीकार किया जाता है जो तुरंत सीपीयू में सेव हो जाता है और सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले जो रजिस्टर है वो संचालक हो गया और प्रोग्राम काउंटर और पता रजिस्टर आ रही है लेवल टू के कौन कौन से होते हैं कैश मेमोरी है ये सबसे तेज मेमोरी होती है इसमें तेजी से पहुंचने का समय होता है जहां डेटा को तेजी से एक्सेस करने के लिए अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है ये तब तक जिसमें डेटा होता है तब तक सिस्टम चालू है जिसमें सबसे तेजी से पहुंचने का समय होता है जहां डेटा को तेजी से एक्सेस करने के लिए स्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है ये हम तीसरा स्तर क्या है मुख्य मेमोरी होती है जो लेवल थ्री की कहती मुख्य मेमोरी मानी जाती है और जिस पे कंप्यूटर काम करता है इसका आकार काफ़ी छोटा होता है आकार भी छोटा होता है और बिजली बंद हो जाने पर इसमें कोई डेटा नहीं होता है चौथा स्तर जो है ये बाहरी मेमोरी होती है एक्सटेंशल जो मुख्य मेमोरी तेज तो नहीं होती है लेकिन इसमें में रूप इस इस से सकता है। बाकी इतना खास नहीं है कुछ ज्यादा ही छोटा सा दो सौ वर्ड्स कल्वन आता है उन मेमोरी पर डि में है तो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ लेते हैं ओएमआर एम आर क्या आर नाम तो नहीं होगा हर पेपर एग्जाम में पकड़ा दिया जाता है ये है क्या ओएमआर ओएमआर आर ओ एक ऑप्टिकल कै मार्क रीडर प्रिंटर है स्कैनर है वीडियो कैमरा है सी राइटर है हमारा एक स्कैनर है इसके बारे में देखते हैं सी आर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर कैरेक्टर था आपके हैंड राइटिंग से लिखा हुआ वो कैरेक्टर यह कंप्यूटर से टें किलो जे मेडिसिन लिखती को अपनी कोविशील्ड है ये ये स्पूतनिक फाइव ये है रेमडेसिविर ये सब रीड कर लेगा कि आपने लिखा है क्या डॉक्टर वाली राइटिंग इसको रीड करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है काम लेते हैं थोड़ा एक डिवाइस ऐसा कंप्यूटर सा हाथ से लिखे हो बहुत सारी चीजों पर एल्फाबेटिक भी हो सकते है मोबाइल कैरेक्टर भी यूज सकते हैं इस डिवाइस में करेक्टर को रेट करने के लिए स्ट्रॉन्ग लाइट और लेंस सिस्टम की जरूरत होती है इस जब भी हम लोग कोई चीज़ पॉइंट वाइज लिखते हैं तो सामने वाले को समझ में भी आती है बड़े ज़्यादा नाम हो साफ सुथरा है एक डायग्राम है बस पूरे नंबर मिलेगा इस डिवाइस में इंक वाले और बिना इंक वाले दो भाग होते हैं अब वाले बिना वाले, अब पेन पेपर से लिखा है तो इंक्वायरी की तरफ से स्कैन करेगा मान लिये पी डी टेक्स्ट पेजेस को स्कैन करेंगे बिना को आगे साइड से स्कैन करेंगे आगे क्या है होशियार एक टेक्नोलॉजी है ये पॉइंट ज़रूर लिखिए होशियार एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल एक डिजिटल इमेज में टेक्स्ट रिकॉग्नाइज़ टेक्स्ट को पहचानने के लिए किया जाता है वो आप जैसा भी टेक्स्ट लिखो हाथ से या प्रिंट आउट का ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइज होता है, है। ये अपना ओ सी आर क्या पिक्चर ओ सी आर पी डी एफ स्कैन करेंगे पूरा ये स्कैन कर लेगा सब आपके सिस्टम में शो करेगा क्या लिखा क्या आकर आपने गिर गया ये एम आई सी आर इस का पूरा नाम मैग्नेटिक कैरेक्टर कैरेक्टर। रिकॉग्निशन होता है। ये बात है। रीडर बात सब रीड जो कैरेक्टर होते हैं एनकोडेड, उनको बढ़ता है डिटेक्ट करता है और ये एम एस आर उन कैरेक्टर को डिटेक्ट कर लेता है जो मतलब जब डिटेक्ट कर लेता है एम आई को तो कंप्यूटर के लिए उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है यह एम कैरेक्टर होता कहाँ ये ये पहला हो गया अपना चेक नंबर दूसरा हो गया एम कोड है ये सर लिखा होता है देता हूँ ऐसा लिख सकता हूँ कि मैं पास पेन तो है नहीं प्रोफेशनली ना बाबा ना ऐसे तो ना हो पाएगा देखते हैं ऐसा आप लोग कमेंट में बताइए लिख सकते हैं कि नहीं आप लोग हो सके तो स्क्रीन शॉट बना लीगा देखते हैं कौन कौन लिख सकता है अगला पीस ओ एम जिसके बारे में जानना था हमारे एक आर एक है या आप तीनों पे पार होते हैं है आप इतना सुंदर सुंदर कितना सुंदर से ये ए बी सी डी ये है दे दिया गया चार ऑप्शन अब इसको अच्छे से भरा जाए किस तरह भरते हैं ये भर दिया चार ऑप्शन भी देंगे कि ऐसे नहीं भर सकते ऐसे भर दिया नहीं नहीं बाबा ऐसे ही है ये सही है टेक टेकरोम सब लगाएंगे ये देखो पूरा भरिए एक बिंदी छोटी सी जगह खाली ना रहे पूरा भरेंगे हम लोग भर गया पूरा हो गया क्या बात है तो यही सब होता है आप जो में हैं तो आपको हर में दी जाती है। चार ऑप्शन दे दिए गए उसमें गोला भरिए पूरा डार्क से नहीं छोड़ना उसको पेंसिल से तो बिल्कुल नहीं बनना साफ करो अब ये विशेष प्रकार का स्कैनर होता है जो का प्रयोग जो है पेन पेंसिल से बनाए गए विशेष प्रकार के चिन्ह जो आप पूरा भरते हो बोला है बिल्कुल उसको पहचानने के लिए किया जाता है कि आपने ए सही करा है बी सही करा तो ये उत्तर पुस्तिका यानी आंशर शीट को चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है टूट गया।, गया हो, गया। गया हो, गया हो गया। जब आप किसी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्पल है जब किसी आप ऑब्जेक्टिव टेक्स्ट देने जाते हैं तो आपको एक पुस्तिका दे दी जाती है आश्री शीट दे दी जाती है जिसको आपको वॉल पेन से गोले को भरना होता है उसकी जांच के लिए इस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है जैसे कि बता चुका चुकाओं या बता भी चुकाओं की एक ऐसा स्कैनर है इसकी सहायता से उत्तर पुस्तिका को कंप्यूटर में प्रवेश कंप्यूटर में स्कैन कर लिया उनके जो डेटा है उससे स्कैन करा तब आपकी क्वेश्चन और आंसर कुछ देखा जाता आगे गया मारिए देखिए इस तरह होता है, आ रहा है आ तो जा चौक में भी आ सकता है आपका गोला भर दे ज़्यादा बेटर है ऐसे आप लोग फिल करते हो बी सी डी सही एक तो लगेगा तो का अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम एक हार्डवेयर कंपोनेंट का संग्रह कि उसमें जो हार्डवेयर हार्डवेयर हार्डवेयर होते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसों का भी संग्रह ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है कि उसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर ही आता है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर स्टेज का संग्रह मिलेगा सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या चलते हैं देखें आप सभी से निवेदन है और आप पहली बार आए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करें लाइक शेयर जरूर करें तो सब फ्री है आप लोगों के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो तो कोई चार्ज नहीं तो जरूर करें ऑपरेटिंग सिस्टम होता गया देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक सॉफ्टवेयर है जो तो माई फाइल हो गई मेमोरी हो गई और जो भी वो काम कर रहा है और इनपुट आउटपुट डिवाइस जितना भी सब है और डिस्क ड्राइव प्रिंटर इतना एक्सट्रा अंडर हम लोग जोड़ते हैं कंपोनेंट उन सबको कंट्रोल करता है तो ये विंडोज़ हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स हो गया ओएस पुराने हैं, ओएस हो गया ये सब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंग्लिश में इंग्लिश हिंदी दोनों में पी डी एफ डाउनलोड कर लेना लाइट पेन और जर्स टिक क्या होता है क्या दोनों है दोनों पार्टी डिवाइस है से हाँ दोनों ही पारंटिंग डिवाइस है ज़्यादा पूछा नहीं आता है उसे में आ जाता है जानने के लिए आप ये पढ़ लेना दो पेज है सर ये और ये चलो गया ये तो एरोप्लेन दिखा रहा है कि अपने जाने का समय आ गया क्या चल पांचवा बार ड्राइंग बनाते हैं एक समय में देख लेता हूँ रिकॉर्ड हो भी रहा है कि कल व मैं अपलोड करने वाला था कल का तो डाउन हुआ ही नहीं रिकॉर्ड चलिए बीस मिनट का तो कुछ रिकॉर्ड हो गया कहा थे हम लोग चलो देख ये तो जो बड़े बड़े ड्राॅइंग होती हैं तो आर्किटेक्चर हो गए और इंजीनियर किस डिवाइस का यूज करते हैं उनको प्रिंट करने में छोटा है फोर साइज प्रिंटर लगा लिया उसको इसमें निकालेंगे लाइन प्रिंटर में मैप है कैसे निकालेंगे क्लाइंट प्रिंटर में प्लॉटर में लेजर प्रिंटर में या बैंड प्रिंटर में प्लाटर में निकालेंगे प्लॉटर दिखाऊं क्या कैसी होती है मशीन प्लॉटर की देखते हैं प्लॉटर कैसा दिखता है चार सुबह का नौ पांच भाई, सुबह सुबह स्लो नहीं चलना चाहिए था तो खुलता है प्लॉटर दिखाएंगे आपको प्लाटर नहीं निकालते हैं प्लॉटर है क्या ये तरह का प्रिंटर ही होता है प्रिंटर की तरह ही होता है वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है इसमें जो टोनर की बजाय डॉट्स से का टोनर जो प्रिंट करता है पेज को प्लॉटर ऐसा नहीं करता है तो बहुत सारे पैन पेंसिल मार्गर का यूज करके पूरी वेक्टर ग्राफिक्स डिजाइनिंग। तो इस तरह की ड्राइंग को प्रिंट करता है और एक, ये तो एक तो बड़ा होता है और बड़े होने के साथ इसमें हम लोग कई ऐसी चीजें कर सकते हैं जो आप सोच नहीं सकते सब तो बात लेकिन देखिए ऐसी होती है प्लॉटर दिखता कैसा है देखते हैं प्लॉटर ये है कि गई मशीन देखो कितना बढ़िया ये रही अपनी प्लॉटर प्रिंटर ये वैक्टरग्राफिक्स ये ये भी क्या बात है आ, देखते हैं वेक्टर ग्राफिक्स बस ज्यादा कुछ तो नहीं है इसमें ऐसा होता है ये वेक्टर ग्राफिक्स है पेन पैं, पेंसिल्स डॉट्स मार्कर इन सब का यूज करता है हैं अगला क्वेश्चन दिखाया जाए ये इनमें से निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है एक बार फिर क्या दे रहा हूँ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें इसका कोई चार्ज नहीं है मैं ऐसे डेली कंटेंट लेके आता रहूँगा सपोर्ट करें चार बज के अमेजान चालू निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज है लाइन है यूनिक्स है क्या है आखिर है। लेज़र प्रिंटर की को किसमें व्यक्त करते हैं? DPI में, CPI में, सही आंसर so का फुल फॉर्म इसके बारे में तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये पूछा जरूर जाता है इसकी फुल फॉर्म क्या है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज तो दोस्तों यहीं तक था आज का सेशन और उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा और अगर आप कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा और अगर सीखने को कुछ मिला है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें इससे हमें मोटिवेशन मिलता है सो थैंक्स फॉर वाचिंग